हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों हम आज बात करेंगे कि एक्टिंग कैसे सीखे और क्यों सीखे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टिंग हमें क्यों सीखनी है क्या आप शौके तौर पे एक्टिंग सीखना चाहते हैं या अपने यारों दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को खुश करने के लिए एक्टिंग सीखना चाहते हैं या आप टाइम पास के लिए एक्टिंग सीखना चाहते हैं या आपका कोई लक्ष्य है कोई गोल है कोई सपना है फिल्म स्टार बनने का इसके लिए एक्टिंग सीखना चाहते हैं दोस्तों आप अपने आप से पूछिए अगर आपका सपना है कि मुझे बड़ा स्टार बनना है तो फिर तो ठीक है आपको एक्टिंग अवश्य सीखनी चाहिए अगर दिन में आप कई बार सपने देखते हैं फिल्म स्टार बनने के या आपको फिल्म स्टार वाली फीलिंग आती है या आपका जुनून है या आप ऐसा फील करते हैं कि मुझे फिल्म लाइन में कामयाब होना है करियर बनाना है इसके लिए अगर आप सीरियस है आपके अंदर जज्बा है और दिन में रात में आप सपने देखते हैं तो दोस्तों आपको अपना करियर बनाने के लिए एक्टिंग अवश्य सीखनी चाहिए दोस्तों एक्टिंग सीखने के लिए हमें कैसे सीखे ये बहुत बड़ा विषय है एक आम आदमी अगर फिल्म एकेडमी में एक्टिंग सीखने के बारे में सोचे तो ये बात बिल्कुल बेबुनियादी लगती है क्योंकि एक्टिंग कोर्स की फीस बहुत ज्यादा होती है एक गरीब का बच्चा एक गरीब इंसान उनकी फीस नहीं दे पाएगा और दूसरा ऑप्शन है थिएटर ये ऑप्शन हो सकता है लेकिन इसके लिए समय का त्याग करना पड़ेगा प्रोफेशनल तौर से आप किसी अगर आपके आसपास कोई थिएटर है तो ये तो है बेस्ट अगर आप किसी गांव में हैं दूर दराज में हैं अगर आप एक्टिंग सीखने के लिए काफी दूर आपको जाना पड़ेगा तो परेशानी तो आपको उठानी पड़ेगी दोस्तों अगर आपका सपना है एक्टिंग में करियर बनाने का तो सीखना पड़ेगा दोस्तों सीखना लगातार पड़ेगा लगातार समझना पड़ेगा अपने हौसले बुलंद कर रखने पड़ेंगे दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बनाकर रखना पड़ेगा क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे मजार उड़ाने वाले इस लाइन में बहुत ज्यादा मिलेंगे अगर आपने अपने मोहल्ले में बता दिया कि मैं फिल्म स्टार बनना चाहता हूं मैं एक्टर बनना चाहता हूं तो यकीन मानिए कि आपके आस पड़ोस में आप एक मनोरंजन का अच्छा साधन बन जाएंगे तो कोशिश ये कीजिए कि जो आपका सपना है वो अपने तक ही सीमित रखिए और कुछ करके दिखाइए आजकल कर तो यूट्यूब पे भी बहुत बड़ा ऑप्शन है पहले तो बड़ी दिक्कतें होती थी बड़ी परेशानियां होती थी आजकल तो यूट्यूब पे आप खुद की कोई पांच मिनट की दस मिनट की वीडियो बनाकर अपने आप को चेक कर सकते हैं आप कितने पानी में हैं बहुत से ऐसे स्टार हैं जिन्होंने एक्टिंग कहीं भी नहीं सीखी धर्मेंद्र जी का उदाहरण ले लीजिए उन्होंने कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया सिंगिंग में किशोर कुमार जी का एग्जाम्पल लीजिए उन्होंने कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया दोस्तों एक्टिंग अंदर से आती है अंदर से आती है और फीलिंग से आती है जब हम किसी कैरेक्टर को फील करेंगे किसी डायलॉग को फील करेंगे तो एक्टिंग उसी को एक्टिंग कहते हैं अब कई बार ऐसा होता है जिन्होंने बड़ी बड़ी एकेडमी में कोर्स किया है बड़े स्टार में कई बार वो और एक्टिंग कर जाते हैं उनकी फिल्में पिट जाती हैं और ज्यादातर फिल्म स्टारों के बच्चे हमेशा फलोफी आपको देखने में मिलेंगे 95 परसेंट और जिन्होंने संघर्ष से मेहनत से मुकाम हासिल किया है वो आपको बड़े स्टार नजर आएंगे आप अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए धर्मेंद्र विनोद खन्ना सुनील दत्त ये सभी मिट्टी के लाल थे <सक्ष़> इन्होंने जमीनी तौर पर संघर्ष किया और इनको एहसास था कि सफलता क्या होती है और स्टार का रुतबा क्या होता है उन्हें इसकी वैल्यू का पता था स्टार के रुतबे का और जो फिल्म स्टार के बच्चे हैं उनको बना बनाया पका पकाया मिल जाता है उनको नहीं पता कि एक संघर्ष क्या होता है एक जमीनी संघर्ष क्या होता है और मिट्टी का लाल तो वो बता ही नहीं सकते मिट्टी का लाल क्या होता है तो दोस्तों सफलता जरूर मिल सकती है इसके लिए आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और लगातार प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों आजकल तो हर गांव में भी कुछ गांव में जिले में कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस है जो छोटी छोड़ छोटी शॉर्ट फिल्में बनाते हैं या अपने जो प्रदेश की फिल्में बनती हैं सभी स्टेट में तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और ये सभी चीजें आप कितनी भी ट्रेनिंग ले लीजिए कितना भी सीख लीजिए कितनी भी वीडियो देख लीजिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप लगातार प्रयास करेंगे हमें अपनी कमियों के बारे में खूबियों के बारे में अभ्यास ही पता चलता है अब मान लीजिए आपको साइकिल सीखनी है दोस्तों आप दो चार बार गिरे गिनेंगे चोट भी लगेगी अगर आप कंटिन्यू कर प्रयास करते रहेंगे तो आपको अपनी कमियों का पता लग जाएगा कि साइकिल क्यों गिरी थी अब कैसे इसको संभालना है से बैलेंस बनाना है तो दोस्तों सभी कामयाबी का एक ही राज है प्रयास करना और प्रयास करना और पूरे एनर्जी के साथ पूरा उत्साह के साथ प्रयास करना दोस्तों प्रयास एक होता है पूरे मन से करना एक प्रयास होता है आधे और दूरे मन से प्रयास करना दोस्तों पूरे मन से प्रयास कीजिए किसी की मत सुनिए अगर आपने डिसीजन ले लिया है अपने डिसीजन पर अड़िग रहिए दिक्कतें भी आएंगी परेशानी भी आएंगी समस्याएं भी आएंगी स्टार बनने में आपको चलते रहना है आप जैसे लोग भी मिलेंगे जो जुर्मूनी है चाहे फिल्म डायरेक्टर हो चाहे एक्टर हो चाहे सिंगर हो आपको मिलेंगे आप चलते रहिए सफलता के लिए पहले अकेले चलना पड़ता है तो दोस्तों अपने आप ही जुड़ जाता है अगर आपने फैसला ले लिया है फिल्म स्टार बनना है तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं सीधे मुंबई अगर आप जाएंगे तो बहुत पछताएंगे पहले आप छोटे छोटे स्टेप अपनाइए शॉर्ट फिल्मों में काम कीजिए अपने प्रदेश की फिल्मों में काम कीजिए आपको बायोडाटा भी बनेगा जब आपका पांच सात फिल्मों का बायोडाटा बन जाता है चाहे शॉर्ट फिल्म में हो या बड़ी फिल्म में हो टीवी सीरियल हो तो आपको मुंबई में काम एक एक परसेंट मिलेगा कुछ बच्चे कुछ लड़के मेल फीमेल रोजाना हजारों जाते हैं हजारों आते हैं वो चले जाते हैं बिना सोचे समझे सबसे पहले तो ने वहां 95 परसेंट रहने के लाले पड़ जाते हैं दूसरा वहां पे जो इनकम का स्रोत है मान लो कोई प्राइवेट नौकरी करता है इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है इससे तो ज्यादा गुणा दूसरे प्रदेशों है उसमें सैलरी मिल जाएगी आपको तो वहां जाने के बाद न तो वो कोई नौकरी करना चाहते वो तो सीधे फिल्म स्टार बनना ही चाहते हैं दोस्तों हजारों जाते हैं हजार आते हैं आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है मुंबई अगर आपको जाना है तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाइए खुद की कोई पंद्रह मिनट की दस मिनट की वीडियो 30 मिनट की वीडियो बनाइए कोई अच्छी स्टोरी बना के अपनी स्क्रिप्ट लिखिए कास्टिंग कीजिए और कास्टिंग करने के बाद स्क्रीन प्ले आप लिखिए उसके बाद आप कोई अच्छी एक कैमरा लेके या अपने मोबाइल से एक शॉर्ट फिल्म आप तैयार कीजिए दोस्तों आप कम से कम पांच से दस फिल्में आप बनाइए अच्छी फिल्में बनाइए क्वालिटी की फिल्में बनाइए और बड़े आराम से बारीकी से काम कीजिए अपने स्क्रीन प्ले पे हर हर सीन पे बड़े अच्छे से बारीकी से काम कीजिए तो आप इसका रिजल्ट मिलेगा प्रोफाइल बना के जाएंगे आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि सर मैंने ये काम किया है अगर वाकई में आपने अच्छा काम किया है तो दोस्तों आप गारंटेड सफल होंगे मुंबई जाने में जल्दबाजी मत कीजिए पहले आप अपनी प्रोफाइल बनाइए दोस्तों दोस्तों एक्टिंग अगर आपको सीखनी है तो रोजर अपने घर पर अभ्यास कीजिए नए नए डायलॉग आप बोलिए उनको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कैरेक्टर के हिसाब से बोलिए माहौल के हिसाब से बोलिए आप फिल्म करियर में फिल्मों में अगर आप कामयाब होना है तो दोस्तों अपने सपनों को जिंदा रखिए हार मत मानिए आप अवश्य कामयाब होंगे दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें लाइक सब्सक्राइब करे और दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार